तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आईओग अच्छे हो होंगे तो जैसे मैंने भी काफ़ी सीरीज़ में लगातार वीडियो डाली है रेडमी एट से रिलेटेड पहले मैंने अनलॉक टूल के बारे में बताया फिर मैंने रेडमी एट की एम अकाउंट आपके सामने दिखाया उसके बाद मैं अब रेडमी एट का एफ आर बाईपास करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रेडमी का फ़ोन है हमारे पास एक रेडमी का एट ठीक है तो Redmi का एट ए फोन है फ्रेंड अब इसकी FRP हम बाईपास करेंगे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें एफ लगी भी है कि नहीं लगी है फ्रेंड तो करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे करेंगे स्किप और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को कर देंगे ओके okay, और यहाँ पे भी कर देंगे स्किप नैक्स्ट नेक्स्ट मोर मोर एक्सेप्ट जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे भी कर देंगे स्किप यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए फाइनली ये हमारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है अब यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट तो देखिए देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारा नॉट सिंगिंग का एक मैसेज आ रहा है मतलब यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये फ़ोन वापस से होम स्क्रीन पे आ जाएगा तो ये एक्चुअल में एफ़ आर पी पे है तो इसकी एफ आर पी हाई पास करेंगे विदाउट किसी डोंगल विदाउट पी सी हम यहाँ पे इसकी एफ़ आर पी बाईपास करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप तो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि देखा फ्रेंड्स आपने हमने इसको दिखाया कि ये फार पे है तो अब इसको चलिए हम यहाँ पे करते हैं इसकी बाईपास तो बाईपास के लिए आपको करना है नेक्स्ट यहाँ पे भी करना है सिंपल सा नेक्स्ट यहाँ पे भी करना है सिंपल सा नेक्स्ट तो हो सकता है मैं फोन को अगर रख देता हूँ तो आपको बहुत प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको कर देना है फ्रेंड स्किप और यहाँ पे कर देना है आपको एग्री और कर देना है नेक्स्ट और यहाँ पे भी कर देना है स्किप और यहाँ पे कर देना है आपको नेक्स्ट तो वीडियो आप लास्ट जरूर देखें मैं यहाँ पे आपके सामने जो भी है वीडियो लाइव बनाता हूँ यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है तो जस्ट अ सेकेंड और यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है फ्रेंड्स स्किप नहीं करना है यहाँ पर आपको लगा देना है एक पैटर्न लगा देना है तो मैं यहां पे एक पैटर्न लगा देता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव वीडियो बना रहा हूं कोई भी दिक्कत आती है अब यहां पे एक आपको बना देना है पासवर्ड एक आपको पैटर्न बना देना है तो हमने यहां पे पैटर्न लगा दिया है अब इसे कर देना है नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको जाना है वापस बैक अब आपको जाना है बैक फिर से बैक और यहाँ पर फिर से बैक जाना है यहाँ पे भी बैग जाना है और यहाँ पे अब अपने वाईफाई को करना है कनेक्ट मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं आप क्या करते हैं पहले ही वाईफाई आप कनेक्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स पहले आप वाईफाई कभी कनेक्ट ना करें पहले आप पैटर्न लगा लें उसके बाद ही आप वाईफाई को कनेक्ट करें नहीं तो कनेक्ट ना करें फ्रेंड्स ये मैं ये मैंने कर दिया है वाई कनेक्ट अब आपको स्किप नहीं करना है अब आपको करना है फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पर भी करना है आपको एग्री यहाँ पे करना है आपको नेक्स्ट तो इसलिए वीडियो में आपके लिए कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ जो भी है जैन बनाता हूँ और वॉइस के साथ बनाता हूँ जिसमें आपको काफ़ी समझ में आया फ्रेंड तो ये रेडमी का एट ए है जो कि आप इजी तरीके से इसकी एफआरपी आर गूगल अकाउंट को आप बाईपास कर सकते हैं इस मैथड से अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स और यहाँ पे कर देना है नॉट ए कापी अब यहाँ पे कर देना है जस्ट अ सेकेंड और जस्ट अ सेकेंड के बाद चेकिंग फॉर इन्फो अब ये देखिए जो हमने पैटर्न डाला था वो हमारा जॉब टर्न हो चुका है फ्रेंड जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ तो इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो पैटर्न हमने यहाँ पे क्रिएट uh, किया था उस पैटर्न को हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे देखिए स्किप का बटन आ चुका है तो ये जॉब टर्न हमारा हो चुका है फ्रेंड्स अब इसे हम कर देते हैं स्किप यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप एनी वेज और यहाँ पे कर देते हैं मोर यहाँ पे कर देते हैं मोर एक्सेप्ट और यहाँ पे फाइव uh, मिनट बोलता है पर फाइव मिनट नहीं लगेगा जस्ट अ सेकेंड में हो जाएगा ये देखिए अब यहाँ पे भी आपको कर देना है स्किप यहाँ पे भी कर देना है आपको स्कीप और ये कर देना है आपको नेक्स्ट और फाइनली जब हमारा सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा ये देखिए अब यहीं पे आने के बाद जस्ट अ सेकेंड यहीं पर आने के बाद फ्रेंड्स लिख देता था कि नॉट सिंगिंग का एक मैसेज आ जाता था बट यहाँ पे आप जानते हैं कि स्किप का बटन आ चुका है तो मतलब हमारी गूगल अकाउंट रिमूव हो चुकी है बाईपास जॉब डन हो चुका है मैं लाइव वीडियो आपके सामने लेकर के ये कंटेंट लेकर के हमेशा आता रहता हूँ तो देखिए फाइनली ये आ चुका है अब इसे करना है मैं नेक्स्ट और ये जस्ट अ सेकेंड एफ चुटकी में रिमूव तो ये देखिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए मैथड आपको सही लगा हो अगर ये जिनको पता था वो वीडियो को स्किप कर सकते थे जिनको नहीं पता था जो पहली बार इसको बाईपास कर रहे थे तो वीडियो अगर अच्छा आप लगा आपको तो लाइक like और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा तो थैंक यू मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच